मनुज्व मरुतुलल्यम जितेन्द्धिमता वातात्मानूथ्य मुख्यम श्रीराम दूत शरण प्रपदे दर्शको जय श्रीराम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 सूर्योदय होगा प्रातः 6 बजकर 2 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर 50 मिनट पर नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र रहेगा दोपहर 2 दो बजकर 22 मिनट तक की इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र लग जाएगा करण की बात करें गर करण रहेगा इसके उपरांत तो बड़ीज करण रहेगा और अंतिम करण जो रहेगा यह बिष्टिकरण रहेगा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 शुभ समय की बात कर लेते हैं तो आज का जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:32 मिनट से 12:19 मिनट तक की रहेगा इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं इसके अलावा दर्शकों सुबह 6:21 मिनट से लेकर के 7:48 मिनट तक की अमृतकाल रहेगा अमृतकाल में भी आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं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 अध्याय का आज तरक्की के नए रास्ते खोल देगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा वृषभ राशि आज, आज आपका वैवाहिक जीवन बड़ा उम्दा रहेगा जीवन साथी के साथ कई बाहर यात्राओं पर धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं आज अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो काम आपका पूरा हो जाएगा किस्मत का भरपूर साथ आज वृक्ष राशि के जातकों को मिलेगा उच्च अधिकारियों से आज, आज आपको मदद मिलेगी कोई पुराना कोर्ट कचहरी से संबंधित पुराना विवाद है इसमें समझौता हो जाएगा आज, आज आपका ध्यान अपने संतान की ओर अधिक रहेगा परिवार में कुल मिलाकर के माहौल बहुत अच्छा रहेगा सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक रहेगी अन्य मत से भी आज आपको पैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा कारोबारियों को धन लाभ होगा हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिएगा दुर्गा सप्तती के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करिए सफलता आपके कदम चूमेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा मिथुन राशि आज आप दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं ऑफिस का जरूरी काम पूरा होगा सेहत के मामले में आज खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे जीवन साथी के साथ लंबी बातचीत आज होगी कुछ बात विवाद भी, भी हो सकता है आज, आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे आज आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है आसपास के लोगों से आज, आज आपको मदद मिलेगी वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे व्यवसाय में लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है दैनिक कार्यों में आज आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी कोशिश कीजिएगा हनुमान नष्टक का पाठ कीजिए दुर्गा सप्तरी के पंचम अध्याय का पाठ सभी सुख सौभाग्य में आपकी बढ़ोतरी करेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा छु दिशा आपके लिए रहे दिशा वही कर्क राशि के विरोध कर सकता है आप दोनों के मध्य कुछ कड़वाहट आती हुई दिखाई दे रही है जीवन साथी के साथ आज आपके वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आएंगे किसी को यदि आप पैसा उधार देने जा रहे हैं तो रुकीयेगा आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा तो बेहतर रहेगा आप धार पैसा मत दीजिए पैसों के मामले में सोच समझ कर निर्णय लेना आज का, आज का आज काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और जिसके कारण कुछ आप लोग डिप्रेशन में रहेंगे शारीरिक और मानसिक रोप से बहुत ज्यादा आज आपको कष्ट रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ाइए और दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ करिए आपके साथ सब बढ़िया होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा सिंह राशि के जातको आज आप किसी पुरानी बात को लेकर के परेशान हो सकते हैं लेकिन शाम तक की सितारे सब ठीक कर देंगे आपके मन में किसी बात को लेकर के कोई शक बना रह सकता है आज घर पर अचानक से कोई मित्र आ सकता है आज आप उनके साथ जो है कहीं आप बाहर जा सकते हैं ऑफिस के किसी काम में आ रही बाधाएं किसी सहकर्मी के मदद से दूर होगी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी यदि आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं खाने पीने से रिलेटेड उसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी कोशिश कि आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक तिल का तेल जरूर जलाइए और कन्या राशि तो कन्या राशि के जात को आज, आज आपके सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे आज आप बच्चों के साथ कहीं बाहर धार्मिक जगह पर जा सकते हैं सकारात्मक विचारों से आज आपके घर में खुशी का वातावरण रहेगा आज आपके उच्चाधिकार आपके काम से प्रसन्न होकर के कुछ आपको पारितोषक दे सकते हैं कुछ गिफ्ट दे सकते हैं व्यापार का है। कोशिश कीजिएगा कि जरूरतमंदों को मसूर की दाल का दान करिए दुर्गा सप्तम अध्याय का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा तुला राशि तो आज कुछ काम समय से पूरे होंगे खास करके स्टूडेंट का पढ़ाई लिखाई में जो है आज मन लगेगा का। कारोबार में धन लाभ होने की प्रबल संभावना है किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर को बदल सकती है आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे किसी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा मनोरंजन के कुछ मौके आपको मिल सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज मंदिर में गुड़ और चने का दान करिए और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके तीन बार हनुमान चालीसा का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वहीं के आपको दूरी की यात्रा आज, आज, आज किसी कंपनी से आपको जॉब के लिए ऑफर आ सकता भाग्य का साथ मिलेगा आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत है। लेकिन आज आपके पैसे बहुत अधिक खर्च होंगे आज विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और आज आप अपने मित्र को कुछ उधार देते हुए नजर आएंगे ए, कोशिश कीजिएगा कि आज मां दुर्गा को इत्र चढ़ाइएगा दुर्गा सप्तती के किलक कवच अर्घिला पाठ का स्त्रोत करिएगा आपके सभी काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण धनु राशि आज जरूरी काम में माता पिता का सहयोग लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा साथ ही अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को सहमत कराने में आज बहुत हद तक आप सफल भी रहेंगे जीवन साथी आज आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे खास करके कारोबारियों को आज किसी जरूरी जो है लोगों से मुलाकात करनी पड़ सकती है जो आपको लाभदायी होगी जो लोग ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं सोने चांदी से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है साथ ही स्टूडेंट को सीनियर की मदद मिलेगी आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी प्रेम के प्रति आज आपका झुकाव बना रहेगा सेहत के मामले में चुस्त दुरुस्त रहे सकती है दोस्तों के साथ आज आप अच्छा समय बिताएंगे आज कुछ ऐसे मसलों का समाधान निकाल सकते हैं जो पूर्व में आपको परेशान करते आए हैं पारिवारिक कामों में सभी सदस्यों से मदद मिलेगी आर्थिक पृष्टि में उतार चढ़ाव बना रहे आज आपको खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए आज कई लोग आपकी बात से सहमत रहेंगे सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी कोशिश कीजिएगा कि गणपति आप आज बात करिए और हनुमान जी का जो है हनुमान नष्टक है इसको आप दो बार जरूर पढ़िए सभी आपके काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण एक्वायर्स कुंभ राशि आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा आज आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा साथ ही शाम को आप उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं किसी अपनों के से आज आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होती हुई नज़र आएगी खास करके जो है आज जो छात्र लोग हैं और कॉमर्स से रिलेटेड हैं इनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है कोई इंतजाम देने जा रहे हैं उसमें आप लोग सफल होते हुए ये जो है दिखाई पड़ रहे हैं लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो दुर्गा सप्तती के अष्टम अध्याय का पाठ करिए और सुबह जल्दी उठ के धरती माता के चरण जरूर स्पर्श करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों प्लीज सब्सक्राइब और बेलाइकन आप लोग जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे इस पेज को जरूर लाइक कीजिए मीन राशि के जात को आज कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है आज आपका कोई जरूरी काम किसी दोस्त की मदद से पूरा होगा धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के मार्ग प्रसे होंगे के आज जीवन साथी का सहयोग आपको फ़ायदा दिलाएगा आज आप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करिएगा जो कि आगे, आगे आपको सफलता की ओर ले जाएगा ऑफिस में प्रमोशन के नए अवसर प्राप्त होंगे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा आज परिवार के लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी को आज ऑरेंज सिंदूर जो आता है उसमें आप तिल का तेल डालिए नारंगी कलर के सिंदूर में और उसका लेप हनुमान जी को लगा करके हनुमान जी का आशीर्वाद लेना रहेगा दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ करिए और दुर्गा माता के बत्तीस नामों का एक बार जाप कर लीजिए पूरा दिन बेहतर जाएगा शुभ पलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पूर्व दिशा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए हमारे इस राशि को लाइक कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब बदल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी